नमस्कार और आप देख रहे पल पल। हैं पलपल हिसार एसटीएफ टीम ने लूट की योजना बनाते तीन युवकों को काबू किया पकड़े गए तीनों आरोपी के कब्जे से छह पिस्तौल व सत्रह चेंदा कारतूस बरामद किए गए पलपल सिरसा ऐसी जाने की विशेष रिपोर्ट इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी व इंस्पेक्टर सी एस पवन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सागर उप जोली पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ढाणी जोधपुरिया जिला सिरसा व विशाल पुत्र मदनलाल निवासी क्वार्टर नंबर पांच कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा व राहुल उर्फ सुखा अर्जुन पुत्र प्रेम नगर सिरसा के रूप में हुई है उन्होंने बताया की इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा तीन व चार के तहत अस्त्र अधिनियम शस्त्र अधिनियम के तहत थाना रानिया में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू करती है उन्होंने बताया कि एसटीएफ टी हिसार के इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी और युवक अवैध हथियारों के साथ लैस थे ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में उन्होंने बताया कि इस सूचना को पाकर के इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार सुरेश कुमार सिपाही अजय कुमार व सत्यनारायण ने रानिया थाना के गांव जोधपुरिया क्षेत्र में तबिश कर मौके से तीनों आरोपियों को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ बरामद कर लिया उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है की उक्त हथियार मध्य प्रदेश क्षेत्र से लाए गए थे पकड़े गए आरोपी हथियारों के बल पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बीते 25 जून 2021 को नवीन उर्फ पंजाबी निवासी मोगा पंजाब काला खैरमपुरिया व राहुल उर्फ सुखा प्रेमनगर सिरसा व विशाल कश्यप निवासी सिरसा ने सुखारिया मार्केट गंगानगर जहाँ पर अरुण पुत्र जैन विमल जैन पर आठ से दस हवाई फायर किए इसके साथ ही दो करोड़ की फिर इनसे छह असले बरामद हुए सत्रह कार्टेज हुए हैं और छह एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद हुई है पच्चीस तारीख को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग राजस्थान में अरुण जैन के घर फायर किए थे उससे दो करोड़ की फिरौती मांगी थी ये इन्होंने एक अजय दोड़ू है आशीक और उसके कहने पर सारे इंसिडेंट इन्होंने राजस्थान में किया था हथियार कहाँ से लेके ले आए थे सर ये हथियार आज वो एमपी से लेके आए थे मनवार के पास कोई गांव है तो वो वहाँ भी सागर टोटल ये असले लेके आए थे जिन दिन और पांच ये दो या तीन दिन पहले इस बार पच्चीस तारीख से पहले उस दौड़ो के पास पहुँचा चुके थे वो वारदात में वो असले भी शामिल है हाँ इनके खिलाफ जो अपने सागर है इसके खिलाफ तो दस बारह मुकदमे डकैती लूट चोरी के राहुल सोनी के ऊपर भी चार या पांच मुकदमे हैं लूट के डकैती के लड़ाई झगड़े की और जो विशाल कश्यप है ये इनके साथ न्यू कमर है इन्होंने तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर की पूछताछ में ये सामने की इन्होंने मांगी है अब क्या है कि मोटिव और जो दौड़ू पकड़ा जाएगा उसके बाद ये सच्चाई सामने आएगी सारी एक काड़ा है अपने आदमपुर के पास का रहने वाला आइडेंटिफाई परमानेंट गाँव उसका वह नहीं है जो पहले भी यहां मटर में बताया और राजस्थान में भी तीन में वॉन्टेड है और एक नवीन है वो कल रात को हमारे इन्फॉर्मेशन के बाद राजस्थान पुलिस ने पकड़ भी लिया हाँ ये ग्रैंग है ये बेसिकली जो विजय पानू है उसके नीचे काम करते हैं और आगे में में आएगा वो बाद में पता ये देखिए इसमें अरेस्ट किया हाँ वो थाने वाले था। हाँ इनका आगे रिमांड लेकर आगे जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो समय समय पर आपसे शेयर कर जाएगी और इसके अलावा जो है बड़ी अच्छी रिकवरी है बत्तीस बोर के जो छह पिस्तौल रिकवर किए हैं 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और जो टीम एस टी एफ की टीम पुलिस टीम व थाना रानिया की जो टीम है इन्होंने संयुक्त तौर पर एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कल तीन व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और मुकदमा दर्ज किया गया है जो एक आ, बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे जोधपुरिया गांव में ढाणी जोधपुरिया में से इनको राउंड अप किया गया है और ये जो तीन व्यक्ति हैं इनके नाम इस प्रकार हैं सागर उठ जौली पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ढाणी जोधपुरिया विशाल पुत्र मदन निवासी क्वार्टर नंबर पाँच कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा व राहुल उर्फ सूखा पुत्र अर्जुन निवासी प्रेम नगर सिरसा ये इनके नाम है जो 25 तारीख को इन इनमें से जो दो व्यक्ति हैं राहुल और विशाल ये सामने आया है कि इन्होंने गंगानगर में किसी व्यक्ति से 2 करोड़ की फर्ोती मांगी थी तो जिनको एक बहुत अच्छा कार्य करते हुए एस टी एफ इस टीम की अगुवाई में साथ में हमारी रानिया पुलिस ने इनको राउंड अप किया है इनके तो खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है